नमस्कार स्वतंत्रता दिवस की वर्षगांठ और स्वतंत्रता के अमृत महोत्सव पर आप सबका हार्दिक अभिनंदन है आज हम आजाद आजादा में सांस ले रहे हैं हम आजाद हैं ये वाक्य ही शरीर को नई ऊर्जा से भर देता है सब कुछ मनमाफिक चल रहा है गरीबी से लेकर कोरोना संक्रमण तक भारत हर परिस्थिति का मुकाबला करने में सक्षम साबित हुआ है लेकिन हमें ये नहीं भूलना चाहिए की ये आजादी हमें मुफ्त में नहीं मिली ये आज़ादी हमें बिना खड़ग और ढाल के भी नहीं मिली इस स्वाधीनता के लिए भारत ने बड़ी कीमत अदा की है जुल्मों जुल्म की तमाम काली रातों के बाद भारत ने स्वतंत्रता का वर्ण किया भारत को आज़ाद करवाने के लिए हजारों नहीं लाखों स्वाधीनता सेनानियों ने अपनी जान कुर्बान कर दी बेहिसाब लोगों ने माँ भारती के चरणों में अपने शीश चढ़ा दिए आज़ादी के अमृत महोत्सव के समय भी हमारे पास कोई ऐसी संख्या नहीं है जिससे स्पष्ट हो सके कि कितने लोग इस स्वाधीनता के लिए अपने प्राणों की आहुति दे चुके हैं माना जाता है भारत को आजाद करवाने के लिए सात लाख से ज्यादा लोगों ने शहादत को स्वीकार किया के लिए अपने प्राणों की दी। ऐसे ही स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों की कुछ कहानियां अठारह सो पचास के बाद जब अंग्रेज तानाशाह और बरबर बर हो रहे थे तब भारत की एक बेटी ने इने साफ कह दिया था कि मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी झांसी वाली रानी लक्ष्मीबाई के बारे में कौन नहीं जानता वीरांगना लक्ष्मीबाई ने अंग्रेजों को न सिर्फ सबक सिखाया बल्कि भारत की बेटियों के लिए भी मार्गदर्शक किया कि संग्राम में स्त्रियां भी पुरुषों से पीछे नहीं है देखते हैं रानी लक्ष्मी की कहानी बुंदेले हर बोलो के मुँह सुनी हमने कहानी थी खूब लड़ी मरदानी वो तो झांसी वाली रानी थी नमस्कार मैं हूँ हम आजादी का अमृत महोत्सव बना रहे हैं हम आजाद देश में सासे ले रहे हैं तो फिर कैसे हम अंग्रेजों को लोहा मनवाने वाली छासी की रानी लक्ष्मीबाई को भूल सकते हैं छासी की रानी लक्ष्मीबाई का जन्म काशी वाराणसी के अस्सी घाट में 19 नवंबर 1828 को हुआ था रानी लक्ष्मीबाई यानी मणिकर्णिका का जन्म प्यार से उन्हें मनु कहा जाने लगा मनु जब मात्र चार साल की थीं, तब उनकी मां भागीरथी बाई का निधन हो गया था पिता मोरूपंत तांबे ने बड़े प्यार से मनु का पालन किया बचपन से ही उनके पिताजी ने हाथियों और घोड़ों की सवारी और हथियारों का उपयोग करना सिखाया था नाना साहिब और तात्या टोपी के साथ रानी लक्ष्मी बाई पली बढ़ी और शिक्षा हासिल की फिर मणिकर्णिका का, का विवाह झांसी नरेश महाराज गंगाधर राव नायलर के साथ हुआ उनके दो पुत्र हुए दामोदर राव और आनंद राव रानी लक्ष्मीबाई भारत के पहले स्वतंत्रता संग्राम के बहादुर थी उनकी कहानियां कहा खूब लड़ी मरदानी वो तो झांसी वाली रानी थी मरने के बाद भी झांसी की रानी अंग्रेजों के हाथ नहीं आई थी रानी लक्ष्मीबाई ने अंग्रेजों से लड़ते हुए अपनी मातृभूमि पर अपने प्राण में छावर कर दिए फिर झांसी पर नियत रखने वाले अंग्रेजों से रानी ने साफ कहा था मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी महल और मंदिर के बीच जाते समय रानी लक्ष्मीबाई घोड़े पर सवार होकर जाती थी उनके घोड़े का नाम बादल था झांसी के महाराज राजा गंगाधर राव के साथ विवाह के बाद मणिकर्णिका को लक्ष्मीबाई के नाम से जाना जाने लगा था फिर वो झांसी की रानी कहलाई अठारह में उनके बेटे का जन्म हुआ था परंतु चार महीने के बाद ही मृत्यु कुछ समय बाद झांसी के महाराज ने दत्तक पुत्र आनंद राव को अपनाया दो साल बाद सन अठारह में बीमारी के चलते रानी लक्ष्मीबाई के पति की मृत्यु हो गई बेटे और पति की मृत्यु के बाद भी रानी लक्ष्मीबाई हिम्मत नहीं हारी उस वक्त वो सिर्फ 25 वर्ष की थी और 25 वर्ष की आयु में ही उन्होंने झांसी का राज्य संभाला रानी लक्ष्मीबाई पर संकट तब आया जब महाराज गंगाधर राव की मृत्यु के बाद ब्रिटिश सरकार ने कानूनी उत्तराधिकारी के रूप में उन्हें स्वीकार नहीं किया उनके बेटे को स्वीकार नहीं किया उस समय गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी था वो एक बहुत ही शातिर इंसान था उसकी नजर झांसी पर थी वो झांसी किले पर कब्जा करना चाहता था ब्रिटिश खजाना जब्त कर लिया और उनके पति का कर्ज रानी के सालाना खर्च में से काटने का फरमान जारी कर दिया इस परिणाम स्वरूप रानी को झांसी का किला छोड़कर रानी महल में जाकर रहना पड़ा। लक्ष्मीबाई ने फिर भी हिम्मत नहीं आ रही झांसी का का राज्य की रक्षा करने निश्चय कर लिया। झांसी सत्तावन के संग्राम का एक प्रमुख केंद्र बन गया जहां हिंसा भड़क उठी रानी लक्ष्मीबाई ने झांसी की सुरक्षा को सुदृढ़ करने के लिए एक मुहिम शुरू कर दी और एक स्वयं सेना का गठन और अक्टूबर के महीने में ओरछा और दतिया के राजाओं ने झांसी पर आत्मा कर दिया झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने सफलता पूर्वक इसे विफल भी किया अठारह के जनवरी माह में ब्रिटिश सेना ने झांसी की ओर बढ़ना शुरू कर दिया और मार्च के महीने में झांसी को घेर लिया दो हफ्ते की लड़ाई के बाद ब्रिटिश सेना ने शहर पर कब्जा कर लिया रानी दामोदर राव के साथ अंग्रेजों से बचकर निकलने में सफल हो गई और कालपी पहुंची तांत्या टोपो से टोपे और रानी की संयुक्त सेना ने ग्वालियर के विद्रोही सैनिकों की मदद से ग्वालियर के एक किले पर कब्जा अठारह जून अठारह सो अठावन को ग्वालियर किले से लड़ते लड़ते रानी लक्ष्मीबाई ने अपने बेटे को पीठ पर बांधा और अपने घोड़े बादल की पीठ पर बैठ कर वहां से सवार होकर छलांग लगा दी। रानी लक्ष्मीबाई कभी नहीं चाहती थी कि उनकी के अपनी जब जंग के मैदान में बुरी तरह घायल हो गई तो उन्होंने सोचा की कि वो किसी ऐसी जगह चली जाए जहां उन्हें अंग्रेज पकड़ ना सके उस वक्त तलवारों से कई बार हो चुके थे और राइफल से गोली भी लग चुकी थी लेकिन रानी ने ठान लिया था कि कुछ अपनी सुंदरता चालाकी और दृढ़ता के लिए ही उल्लेखनीय थी साथ ही वो विद्रोही नेताओं में सबसे अधिक शक्तिशाली थी ऐसी थी झांसी की जानी जय हिंद जय भारत बंदे, मात्रा। आजादी कोई भीख नहीं थी ये हिंदुस्तानियों का अधिकार था जब अंग्रेजों के खिलाफ बगावा शुरू हुई तो किसी ने इस बात की कल्पना भी नहीं की थी, थी कि हर वर्ग के लोग अपने सामर्थ्य इस यज्ञ में योगदान देंगे लाल बाल और पाल के बारे में कौन नहीं जानता महाराज से बाल गंगाधर तिलक ने ऐसा अभियान चलाया कि आजादी जन्म अधिकार बन गए बाल गंगाधर तिलक वो नाम है जिसने अंग्रेजों के छक्के छुड़ा दिए ये वो व्यक्तित्व था जिसने देश को आजाद कराने में अहम भूमिका निभाई ये वो क्रांतिकारी थे जिनके साहसिक कार्यों से अंग्रेजों के पसीने छूट गए आज हम आजादी के इस पचहत्तरवी वर्षगांठ पर जानेंगे महान क्रांतिकारी बाल गंगाधर तिलक के बारे में नमस्कार मैं हूँ सत्यम शर्मा और आप देख रहे हैं अमृत महोत्सव पर दखल न्यूज का विशेष कार्यक्रम लोकमान बाल गंगाधर तिलक तेईस जुलाई महाराष्ट्र के कोंकण प्रदेश के चिखली गांव में उपाधि दी गई बाल गंगाधर तिलक को गर्म दल का नेता माना जाता था उसकी वजह थी उनके द्वारा अंग्रेजों के खिलाफ छेड़े गए आंदोलन और साहसिक फैसले लोकमान तिलक ने अंग्रेजी शासन की भारतीयों के प्रति प्रतिक्र से तंग आकर अंग्रेजी भाषा में मराठा दर्पण और मराठी में केसरी नाम से दो दैनिक समाचार पत्र शुरू किए जो जनता में बहुत ही लोकप्रिय हुए बताया जाता है कि स्वतंत्रता की चिंगारी भड़काने में इनके लेखों की अहम भूमिका रही उन्होंने ब्रिटिश सरकार से भारतीयों को पूर्ण स्वराज्य देने की मांग की केसरी में छपने वाले उनके साहित्य की वजह से उन्हें कई बार जेल भेजा गया लेकिन क्रांतिकारी तो क्रांतिकारी ठहरी बिना डरे बिना रुके वे लगातार क्रांति की चिंगारी लेख के जरिए फैलाते रहे कहा जाता है लोकमान तिलक को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का ब्रिटिश साम्राज्य के खिलाफ नरमपंथी रवैया बिल्कुल भी पसंद नहीं था और वे इसके विरुद्ध थे इसका नतीजा ये रहा कि 1907 में कांग्रेस गरम दल और नरम दल में बढ़ गई गरम दल में लोकमान तिलक के साथ लाला लाजपत राय और बिपिन चंद्रपाल शामिल हुए ये तीनों लाल बाल पाल के नाम से प्रसिद्ध हुए 1908 में लोकमान तिलक ने क्रांतिकारी प्रफुल्ल चाकी और खुदीराम बोस के बम हमले का समर्थन भी किया जिसकी वजह से उन्हें बर्मा स्थित मांडेले की जेल की हवा खानी पड़ी जेल से छूटकर वो फिर कांग्रेस में शामिल हो गए और 1916 में एनी बेसेंट और मोहम्मद अली जिन्ना के साथ अखिल भारतीय होम रूल लीग की स्थापना की लोकमान तिलक के महात्मा गांधी से अच्छे संबंध थे तिलक ने कहा था कि सिर्फ अन्याय और अत्याचार करने वाले ही दोषी नहीं होते उसको सहने वाला भी उतना ही बड़ा दोषी होता है और यही वजह रही कि उनके को देखते हुए, महात्मा गांधी ने तिलक को आधुनिक जवाहरलाल नेहरू ने उन्हें भारतीय क्रांति का जनक माना था लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने एक अगस्त उन्नीस को दुनिया को अलगा के लोकमान तिलक को स्वतंत्रता आंदोलन में प्रमुख भूमिका निभाने के लिए हमेशा याद किया जाता है आजादी की 75वीं वर्षगांठ पर ऐसे क्रांतिकारी बाल गंगाधर तिलक को शत शत नमन जय हिंद जय भारत। आजाद के बिना आजादी की हर कहानी अधूरी है। मध्य प्रदेश की धरती के लाल चंद्रशेखर आजाद ने तो वो कर दिखाया जो उस जमाने में बड़े बड़े लोग नहीं कर पाए अंग्रेजी हुकूमत की नींद उड़ा देने वाली आजाद की योजनाएं अपने आप में अनमुखी थी उन्होंने अपने प्राणों का उत्सर कर दिया लेकिन उनके प्रयासों का प्रतिफल है हम आजाद मुल्क में ली रहे हैं। मर जाऊंगा मिट जाऊंगा जिंदाबाद रहूंगा आजाद था आजाद हूं, आजाद रहूंगा मध्य प्रदेश के लिए बेहद ही गर्व की बात है कि अमर शहीद चंद्रशेखर आजाद का जन्म मध्य प्रदेश के भावरा में हुआ था क्रांतिकारियों में अमर शहीद चंद्रशेखर आजाद का नाम बड़े ही सम्मान के साथ लिया जाता है कहा जाता है आजाद बचपन से ही वीर और साहसी थे वो हमेशा सच बोलते थे एक बार चंद्रशेखर आजाद साधु के वेश में घूम रहे थे तो कुछ पुलिस वालों ने उनसे पूछा क्या तुम आजाद हो इस पर आजाद ने बड़ी चतुराई के साथ सच कहा अरे हम आजाद नहीं तो क्या हैं? सभी साधु आजाद हैं, हम भी आजाद हैं इस पर एक किस्सा याद आता है मुझे एक दिन सरदार भगत सिंह ने हंसते हुए आजाद से कहा कि पंडित जी आपके लिए अंग्रेजों को दो रस्सों की जरूरत पड़ेगी एक आपकी मोटी कमर के लिए और दूसरी आपकी गर्दन के लिए तभी आजाद ने मुस्कुराकर कहा सुनो भगत ये रस्सा तुम लोग अपने लिए रखो मेरे पास जब तक ये बमदूर बुखारा है तब तक कोई अंग्रेज की बंदूक मुझे छू भी नहीं सकती पंद्रह गोलियां उन पर दागूंगा और सोलवी से खुद को उड़ा लूंगा और फिर सत्ताईस फरवरी उन्नीस को वो मनहूज दिन आता है जिस दिन हमने हमारे शूरवीर को खो दिया था वो अक्सर ही कहा करते थे कि अभी तक किसी माने ऐसे लाल को पैदा नहीं किया जो आजाद को जिंदा पकड़ सके उन्होंने कसम खाई थी कि वो कभी भी पुलिस वालों के हाथों जिंदा गिरफ्तार नहीं होंगे इसी कसम को निभाते हुए उन्होंने खुद को गोली मार ली थी और आजाद देश के लिए अपनी जान जानावर की थी जय हिंद अंग्रेजों के अत्याचार ने लोगों में जुनून पैदा किया अंग्रेजों के प्रति नफरत का भाव हर दिन बढ़ रहा था ये नफरत क्रांति के लिए एक उम्मीद की करण बनी क्रांतिकारियों के मिजाज ने अंग्रेजों की चूने हिला दी मंगल पांडे ने ऐसे में जो किया वो अपने आप में असाधारण है मारो फिरंगी को। इस नारे के साथ क्रांतिकारी मंगल पांडे ने आजादी का बिगुल फूका था अंग्रेजों ने भारतीय क्रांतिकारियों आरोप बेतहा जुलमाये गुलाम देश में अंग्रेज हम आरोप कितना अत्याचार करते होंगे ये सुनकर ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं शायद इसलिए ही मंगल पांडे ने यह नारा दिया था मारो फिरंगी को। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के पहले क्रांतिकारी थे मंगल पांडे मार्च 1857 को मंगल पांडे ने अंग्रेजों के खिलाफ मोर्चा खोला था उन्होंने कलकत्ता के पास बैरकपुर परेड मैदान में रेजिमेंट के अफसर पर हमला कर उसे घायल किया था क्योंकि उन्हें ऐसा महसूस हुआ की यूरोपीय सैनिक भारतीय सैनिकों को मारने आ रहे हैं तब उन्होंने ये कदम उठाया। तो विद्रोहों की वजह कुछ यूं रही कि ऐसी बंदूकें दी गई जिसमें कारतूस भरने के लिए दाँतों से काट कर खोलना पड़ता था जिस कारतूस को दात से काटना होता था उसके ऊपरी हिस्से में चर्बी होती थी इस्तेमाल के दौरान जब उसे मुंह से लगाने के लिए कहा गया तो मंगल पांडे ने ऐसा करने से मना कर दिया तो अंग्रेजी अधिकारियों ने उन्हें गुस्से में सेना से निकालने वर्दी और बंदूक वापस लेने का फरमान सुना दिया इस दौरान अंग्रेजी अफसर हेयर से उनकी तरफ बढ़े तो मंगल पांडे ने उन पर हमला बोल दिया उन्होंने भारतीय साथियों से मदद मांगी लेकिन कोई आगे नहीं आया तो वह अकेले डटे रहे और अंग्रेजी अफसरों पर गोली चला दी एक गोली खुद पर भी चलाई हालांकि इससे वह सिर्फ खायल हुए थे। अंग्रेज सैनिकों ने उन्हें पकड़ लिया। आठ अप्रैल को, को उन्हें फांसी दे दी गई मंगल पांडे ने अंग्रेजों के खिलाफ बैरकपुर में जो चिंगारी लगाई थी वो आगे आग की तरह फैलने लगी विद्रोह पूरे उत्तर भारत में फैल गया विद्रोह इतना तेजी से फैला था कि मंगल पांडे को फांसी 18 अप्रैल को देना थी लेकिन 10 दिन पहले 8 अप्रैल को ही दे दी गई। देश की आजादी में अपनी अहम भूमिका निभाने वाले ऐसे क्रांतिकारी शहीद मंगल पांडे को मेरा शत शत नमन जय हिंद जय भारत रामप्रसाद प्रसाद बिस्मिल ने लिखा सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है देखना है जोर कितना बाजु ए में है वक्त आने दे बता देंगे तुझे आसमा हम अभी से क्या बताएं? क्या हमारे दिल में है खींच कर लाई है सबको कत्ल होने की उम्मीद आशिकों का जमघट आज ऊंचाई का है इसके बाद ना जाने कितने नौजवानों ने जवानी आने से पहले ही फांसी के फंदों को अपना महबूब बना दिया इन्हीं में से एक थे सरदार भगत सिंह राख का हर एक कर्ण मेरी गर्मी ऐसी गतिमान है मैं एक ऐसा पागल हूँ जो जेल में भी आजाद है शहीद भगत सिंह जी को कौन नहीं जानता उन्हें भारतीय राष्ट्रवादी आंदोलन के सबसे प्रभावशाली क्रांतिकारियों में से एक माना जाता है वे कई क्रांतिकारी संगठनों के साथ मिले और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में उनका बहुत बड़ा योगदान था जब ब्रिटिश सरकार ने उन्हें फांसी दी तब उनकी उम्र महज तेईस वर्ष की थी भगत सिंह का जन्म सत्ताईस सितंबर उन्नीस को लायलपुर जिले के बंगा में हुआ था जो कि अब पाकिस्तान का हिस्सा है उनका पैतृक गांव खटकर कला है जो भारत के पंजाब में है उनकी माता का नाम विद्यावती था भगत सिंह का परिवार एक आर्य समाजी सिख परिवार था भगत सिंह करतार सिंह सारा और लाला लाजपत राय से अत्यधिक प्रभावित रहे हैं भगत सिंह जी को उनके परिवार से क्रांतिकारी संस्कार मिले उनके परिवार गदर पार्टी के समर्थक थे और इसी कारण से बचपन से ही भगत सिंह के दिल में देश के लिए भक्ति की भावना उत्पन्न हुई और वो देश के प्रति इतना समर्पित रहे उन्होंने अपनी पांचवी तक की पढ़ाई गांव में की और उसके बाद उनके पिता किशन सिंह ने दयानंद एग्लो वैदिक हाई स्कूल में उनका दाखिला करवाया बहुत ही छोटी उम्र में भगत सिंह महात्मा गांधी जी के असहयोग आंदोलन से जुड़ गए और बहुत ही बहादुरी से उन्होंने ब्रिटिश सरकार को ललकारा था जब 13 अप्रैल 1919 को सौ बाग हत्याकांड हुआ, तो उससे भगत सिंह के बाल मन पर बड़ा गहरा प्रभाव पड़ा उनका मन इस अमानवीय कृत को देख देश को स्वतंत्र करवाने के बारे में सोचने लगा जिसके बाद भगत सिंह ने चंद्रशेखर आजाद के साथ मिलकर क्रांतिकारी संगठन तैयार किया लाहौर षड्यंत्र मामले में भगत सिंह सुखदेव और राजगुरु को फांसी की सजा सुनाई गई और बटुकेश्वर दत्त को आजीवन कारावास दिया गया भगत सिंह को 23 मार्च 1931 की शाम 7 बजे सुखदेव और राजगुरु के साथ फांसी पर लटका दिया गया और उन्होंने इंकलाब जिंदाबाद के नारे लगाते हुए हंसते हंसते देश के लिए अपना जीवन बलिदान कर दिया तो ऐसे थे शहीद भगत सिंह जय हिंद जय जै भारत भारत में ऐसा दौर आया जब सब अपना सब कुछ भूल गए और उन्हें एक ही सुनाई देता था, वंदे आजाद, भगत सिंह, खान, ना जाने कितने युवा थे, जिनके लिए देश के सामने जान बहुत छोटी सी चीज थी, ऐसे ही, थे, खान। बहुत ही जल्द टूटेगी गुलामी की ये जंजीरें किसी दिन देखना आजादी हिंदुस्तान होगा जंगे आजादी के महानायक थे अमर शहीद अशफाक उल्ला खान अशफाक अशफाकुल्ला खान ने देश को आजाद करने के लिए हंसते हंसते फांसी के फंदे को चूम लिया नमस्कार मैं हूं मोहम्मद शेख अफजल और आप देख रहे हैं दखल न्यूज पर स्वतंत्रता सेनानी अशफाक अशफाकुल्ला खान की कहानी अशफाक अशफाकुल्ला खान का जन्म 22 अक्टूबर 1900 को उत्तर प्रदेश के शाहजहाँपुर जिले के जलाल नगर में हुआ था इनका पूरा नाम अशफाकुल्ला खान वारसी हसरत था इनका परिवार आर्थिक रूप से संपन्न था अशफाक अपने तीन भाइयों में सबसे छोटे और लाडले थे सब उन्हें प्यार से अच्छू कहते थे वर्ष 1922 में असहयोग आंदोलन के दौरान रामप्रसाद बिस्मिल ने शाहजहांपुर में एक बैठक की बैठक के दौरान बिस्मिल ने कविता पढ़ी जिस पर अशफाकुल्ला खान ने आमीन कहकर उस कविता की तारीफ की बाद में अशफाकुल्ला खान रामप्रसाद प्रसाद बिस्मिल चंद्रशेखर आजाद के साथ देश की आज़ादी के लिए सक्रिय हो गए और यहाँ से शुरू होती है उनके क्रांतिकारी जीवन की कहानी अशफाकुल्ला खान का नाम सुनते ही अंग्रेजों के रूह कांप जाया करती थी अशफाक निर्भय लीडर सच्चे देशभक्त थे काकोरी कांड के बाद जब अशफाक को गिरफ्तार कर लिया गया तो अंग्रेजों ने उन्हें सरकारी गवाह बनाने की कोशिश की उनसे कहा गया यदि हिंदुस्तान आजाद भी हो गया तो उस पर हिंदुओं का राज होगा मुसलमानों को कुछ नहीं मिलेगा इसके जवाब में अशफाक ने अंग्रेजों से कहा तुम लोग हिंदू मुसलमानों में फूट डालकर आजादी की लड़ाई को दबा नहीं सकते हिंदुस्तान में क्रांति की ज्वाला भड़क चुकी है जो अंग्रेजी साम्राज्य को जलाकर राख कर देगी हिंदुस्तान आजाद होकर रहेगा और उन्होंने अंग्रेजों के सरकारी गावा बनने के ऑफर को लात मार दी यह एक सच्चे देशभक्त का अंग्रेजों के गाल पर करारा तमाचा था काकोरी कांड में बिस्मिल राजेंद्र लाहिड़ी और ठाकुर रोशन सिंह के साथ अशफाक खान को मौत की सजा सुनाई गई खान को 19 दिसंबर उन्नीस को फैजाबाद जिले में फांसी दे दी गई मौत एक बार जब आना है तो डरना क्या है हम इसे खेल ही समझा किए मरना क्या है वतन हमारा रहे शाद काम और आबाद हमारा क्या है हम रहे ना रहे देश को आजाद कराने के लिए फांसी के फंदे को हस्ते हस्ते 27 साल के युवा अशफाक ने चुन लिया ऐसे शहीद अशफाक उल्लाह खान को शत शत नमन जय हिंद जय भारत एक तरफ क्रांतिकारी थे एक तरफ कांग्रेस की राजनीति से जुड़ी रणनीति ऐसे में नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने भारत और भारत के बाहर आजादी के सशस्त्र संघर्ष के लिए आजाद हिंद फौज खड़ी कर दी उनके नारे तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा ने एकदम देश की राष्ट्र सर्वोपरि था, था, सर्वो था। मातृभूमि को अंग्रेजों के चंगुल से मुक्त कराने के लिए उन्होंने अपनी सेना आजाद हिंद फौज बनाई थी नेताजी के आजादी के मुहिम को और तेज करने के लिए यूरोप में भारतीय सेना का संगठन किया सुभाष चंद्र बोस का कहना था कि हमें अपनी राष्ट्रीय रक्षा की ऐसी मजबूत नींव रखनी चाहिए कि भविष्य में हमारी स्वतंत्रता पर कभी आँच न आए भारत के स्वतंत्रता संग्राम में अहम किरदार निभाने वाले नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जीवन और मृत्यु आज तक अनसुलझा रहस्य बना हुआ है मोद भले ही रहस्यमय रही हो लेकिन वे हमेशा ही देशवासियों के दिलों में हीरो बनकर रहेंगे ऐसे क्रांतिकारी थे नेता सुभाष चंद्र बोस जय हिंद जय भारत गांव शहर कस्बे जंगल हर जगह आजादी की अलग जल रही थी खूनों के लिए जान थी और पाने के लिए आजादी गोरी चमड़ी वालों के सितम बरदाश्त से बाहर हुए तो वनवासी बिरसा मुंडा ने भी अपनी जान की परवाह नहीं की आजादी के महानायक बिरसा मुंडा इसलिए तो हमारे समाज में भगवान की तरह पूज है स्वतंत्रता की लड़ाई में न जानने कितने वीर पुरुषों ने अपनी शहादत दे दी ऐसे एक वीर पुरुष थे की की। राजनीतिक और धार्मिक हो अंग्रेज सरकार ने विरसा के खिलाफ कार्रवाई की और दूसरी तरफ विरसा ने असहयोग आंदोलन की घोषणा की विरसा के साथ रह रहे कुछ अपने ही लोगों ने उन्हें धोखे से पकड़वा दिया 3 फरवरी 1900 को विरसा को रांची के जेल में लाया गया मृत्यु से पहले विरसा को अंग्रेजों ने ज़मीदारी, धन संपत्ति का लालच दिया पर विरसा ने उन्हें ठुकरा दिया कुछ समय बाद 9 जून 1900 को अंग्रेजों ने घोषणा की विरसा मुंडा की हैजा से मृत्यु हो गई सूत्रों के मुताबिक विरसा मुंडा को धीमे धीमे जहर देकर मारा गया था देश तक भगवान बिरसा ने अपनी आखिरी सास तक आजादी की लड़ाई लड़ी वो सिर्फ अपनी मिट्टी और संस्कृति के प्रति समर्पित थे ऐसे थे भगवान मुंडा जय हिंद जय भारत कठिन तपस्या क्रांति के जय लाखों प्राणों की आहुति से स्वाधीनता का ये यज्ञ पूरा हुआ हम आजाद हो गए आजाद होने के बाद सबकी जवाबदारियां तब और बढ़ जाती हैं जब छुपा हुआ दुश्मन आतंकवाद हमारे मुल्क आरोप नापाक नजरे गढ़ाए बैठा है और पूरी दुनिया हमें उम्मीद भरी नजरों से देख रही है फैज अहमद फैज की नजम है बोल किलब आजाद है तेरे बोल बोल अब अब तक है तेरी, तेरा में तेरा, बोल की अब तक है है तेरी, तेरी, तेरा तेरा, की नमस्कार. ज इन दर्ल्ड एल एन सी टी ग्रुप चूज द बेस्ट टू बी देशन कॉल सेवन डबल फोर जीरो ट्रिपल सेवन ट्रिपल वन है दखल न्यूज